वेलकम टू आईडीआई डिफिकल्ट चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन की फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हुआ हूं जिसमें कि मिक्स क्वेश्चन मैं आज यहां पे कराऊंगा हमने जितने टॉपिक मैंने अभी तक आपको कराए हैं सभी से रिलेटेड में क्वेश्चन यहां पे लेकर सबसे पहला 48 का हमें LCM निकालना है तथा आप देखिए इसी नंबर का हमें एलसी निकालना है और उसी का एच निकालना है एलसीएम और एच निकालने के मैथेड तो कई है लेकिन हम यहां पर आप देखते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें 16, 48 के फैक्टर फैक्टर करेंगे। ये जो फैक्टर करते हैं वो अभाज्य संख्याओं से करते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो कि अपने के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो मतलब की अभा संख्या क्या होगी जैसे 2 हो गया थ्री हो गया अब इसे फोर फोर हमारी अभाज्य नहीं है क्योंकि ये अपने के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से भी डिवाइड हो जा रही है मतलब ये हमारी जो है भाग्य है फोर की बात में फाइव ये भी हमारी अभाज्य है क्योंकि ये फाइव फिर फाइव से, से डिवाइड होगा इसी तरीके सिक्स।, सिक्स जो है हमारी भाग्य है टू ये हमारा एल सी एम हो गया एच होगा मैथड तो कई होते हैं लेकिन मैंने आपको यहां पे एक ही मैथड बताया हुआ है थ्री फोर सेवन अब देखिए से थ्री से से टू टू जा फोर टू टू देखिए अगर हमने बोला था एच में सभी कॉमन मिलेंगे तभी उसको लेंगे लेकिन अब एक दूसरी कंडीशन से अगर कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा अब इन चारों में कुछ भी कॉमन मिला देखिए इसका जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका एचसीएफ हमेशा सी होता है। यह हमें याद करके रखना है अगर कभी भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा तो हमेशा उसका एचसीएफ सी वन आता है एल तो आप निकाल लेंगे बिल्कुल लीजिए मैट्रिक से लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा जब भी कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका मतलब उसका आर के रूप में भिन्न के रूप में अगर कोई नंबर लिखे हुए हैं, तो उनका लघुत्तम समापर कैसे निकालेंगे सबसे पहले जो चीज निकाली गई होगी ये तो सबको मालूम है। अंश हो गया ये हमारा हर हो गया अब देखिए जो चीज पूछी जाएगी ऊपर उसका निकालेगा अब देखिए लघुत्तम समापर तक हमें निकालने के लिए अंश का लघुत्तम तक लघुत्तम तक को बोलते हैं हमने शॉर्टकट में लिख दिया हुआ है इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपेज चौबीस त्रिका चार तीन बारह दो तीन नीचे बहत्तर तो हमारा एचडीएम कितना अब बहत्तर कितना आएगा मेथड से निकालिए जो मैंने बताया अलग अलग निकाल के ही देखिए आप बारह सोलह इक्कीस टू सिक्स क्या ट्वेल्व टू थ्री क्या सिक्स थ्री वन या थ्री टू एट यान टू फोर या एट टू टू या फोर टू वन या टू तीन सात कितना आएगा अब तीनों में कॉमन क्या है देखिए टू इसमें नहीं है टू नहीं कॉमन है थ्री नहीं कॉमन है अब देखिए ये तीनों किसी में भी कॉमन नहीं है देखिए थ्री इसमें इसमें नहीं, इसमें, नहीं, इसमें नहीं है वर इसमें नहीं है सेवा इसमें मगर इन दोनों में नहीं है दो इसमें है और इसमें इसमें नहीं है तो अभी हमने आपको बताया था अगर किसी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा तो हमेशा उसका एच कितना आएगा वन ये आपको याद रखना है जब भी कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो उसमें एच हमेशा वन होगा अब हम टाइप फोर लेते हैं देखिए टाइम चार तो अब हम करेंगे क्या? को नोट किया। इसके इक्वल अगर कोई भी साइन लेफ्ट तो साइन चेंज होगा लेफ्ट से राइट जाएगा, मल्टीप्लाई बारह डिवाइड में आ जाएगा तो हमारा अगर छत्तीस बटे बारह तो बारह तेईस छत्तीस तो हमारा एलसीन कितना आ गया तीन ये हमारा हो गया टाइप फोर इसी फोर से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हमारे एल पी एम जो टाइप थ्री के टॉपिक पर ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले बता दिए हैं लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा हुआ है तो आई बटन के लिंक पर जाकर के के आप आप देख सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को को कैसे ये आज मैं लोगों तो रिवीजन तौर पर करा रहा हूँ जिससे कि देख सकता है आप देखिए अनुपात समानुपात पहले तो इसका साइन देखें अनुपात का जो साइन होता है ये इसे हम अनुपात बोलते हैं समानुपात का जो साइन होता है ये। अब इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ज इक्वल टू आंतरिक पदों का ग्रंथ कर ठीक है अब हम देखेंगे इसमें बारह आ जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू चार तेई बारह बड्डे को तो क्या करेंगे एक वैल्यू और बढ़ा रहे हैं यहां पे। ए अनुपात बी इतना बी अनुपात सी इतना तो मान लिया सी अनुपात डी बराबर चार अनुपात पांच है छ अनुपात पांच मान लेते हैं इसके आगे हमें निकालना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे देखिए ए बी सी देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी ए हो गया बी हो गया ठीक अब सी डी का ए बी हमने अब देखिए आठ बारह पंद्रह ये हमारे हो गए ए बी और सी अब देखेंगे सी और डी का तो ये हमारा सी हो गया ये हमारा डी हो गया ठीक सी का कितना दिया हुआ है día में तीन नंबर दिए गए हैं इसमें फोर्थ नंबर पूछा है तो हम चौथे नंबर को एक्स मान लेते हैं मान लिया चौथा नंबर है, अब इसे किस तरीके से बारह अनुपात एक्स बन गया अब जो हमने पहले फार्मूला बताया था पदों इक्वल टू आंतरिक पदों का बारह पद क्या है 5 गुड़े एक्स आंतरिक पर 9 गुड़े बारह तो ये हो गया हमारा 5x एक्स बराबर बारह मही तो x तो बराबर एक सौ आठ तो x तो बराबर पांच मही दस आठ बज गया तो पांच 5 तो तीन बज गया पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया अनुपात अनुपात अनुपात 24 24 समानुपात समानुपात सबसे पहले हमें लिखने लिखने का का का तरीका तरीका मालूम मालूम होना चाहिए में जब तक नहीं नहीं होगा हम सॉल्व कर पाएंगे तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल टू आंतरिक पदों का मल्टीप्लाई तो अठारह बराबर चौबीस तो x बराबर चौबीस दो अठारह एक दो चार तीन त्रिका नौ तीन चौको बारह ठीक है और चौबीस आठ चुको तो हमारा ये पाती आ गया A beje दो तीन तो कितना हो जाएगा दो दूसरी चार तेईस बारह तो हमारा जो इसका मध्यान पाती आ गया वह बारह आ गया ये हमारा टाइप फाइव हो गया हमारा जो आज का टॉपिक था अनुपात समानुपात और एल सी जो कि मैंने दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको तो, पांच पांच क्वेश्चंस कराए हुए हैं मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो